हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आज हम लोग देखेंगे विद्यापीठ का सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म भरने की प्रोसेस तो सबसे तो पहले चलते हैं विद्यापीठ के मेन वेबसाइट जो हमने सेव करके रखा हुआ है यहाँ से यूजी या पीजी अगर आपने यूजी कोर्स के लिए परीक्षा फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यू जी आप के लिए पीजी का सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे कोर्स का नाम जैसे तो कि यहाँ पे बी एड है तो हम बी एड सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर पे से हम लोग डालेंगे कैंडिडेट का रोल नंबर इस सेक्शन में कैंडिडेट के माता या पिता जो भी अवेलेबल हो उनका नाम डाल देते हैं और यहाँ ईयर सेलेक्ट करते हैं एडमिशन का, एड्मिशन का। एड्मिशन गलती हो जाने की वजह से नहीं ले रहा है नाम सही सही होना चाहिए नहीं तो लेगा ले ही नहीं इज़ हायर देन गलत हो गया सिंपली फॉर्म खुल जा रहा सर्वप्रथम आप अपना डेट देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं यहां जो कैटेगरी है वो मिला लीजिए कैटेगरी सही है यहां पे आपका इनमेंट नंबर यहां पे आपका रोल नंबर यहां पिता का नाम आपका नाम और यहां माता का नाम ये कैटेगरी शो तो करने लगेगा और इसमें कुछ फाइल जैसे मिसिंग है सिटी सिटी आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वो डाल दीजिए डिस्ट्रिक्टोड यहाँ जो माध्यम है अगर इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं तो इंग्लिश में हिंदी में देना चाहते है, तो हैं तो हिंदी में यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है इसको कॉपी कर सकते हैं और सब्जेक्ट ठीक है ये ऑटोमेटिक फील्ड आ रहा है क्योंकि तो ये बी का है और अदर यूजी कोर्स में सब सब अलग-अलग अलग-अलग माइनर सब्जेक्ट और वो वायव, ये सब अलग -अलग करके आ रहा है अगर पिछली कक्षा लास्ट क्वालिफिकेशन यदि आपकी पिछली कक्षा का परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ वो तो पूर्णांग प्रतांक में एक डालकर अग्रसारित करें अभी इनका रिजल्ट नहीं आया है इसलिए हम लोग इनके में वन वन डाल के आगे अग्रसारित कर दे रहे हैं अभी रिजल्ट नहीं आया सभी जानकारी दोबारा मिला लेने से हम इसको सबमिट करेंगे सबमिट करने पे फॉर्म नंबर आ जा रहा है डायरेक्टली इसको प्रिंट आउट करके आप दे सकते हैं अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें